सिंधु में गोताखोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार की असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कोशिश करने वालों की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नन्ही नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर सौ बार चलती है मन का विश्वास रगों में सांस होता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न भरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं सिंधु में गोताखोर लगाता है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 एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार जब तक न सफल हो नींद चैन को क्या वो तुम जब तक न सफल हो नींद चैन को क्या वो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों